हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर की स्टार्टिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए अपडेट्स और आने वाले इवेंट्स के बारे में एंड गाइज थैंक यू सो मच आप सभी का पिछले वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सबका बहुत प्यार मिला आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बट गाइज मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही मतलब सेवेंटी सेवन जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार मतलब क्यों गाइज आपको राइट right साइड में रेड बटन दिख रहा होगा आप लोग सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में बेल को ऑल पर से करना भूले कि जो भी हमारे न्यू अपडेट्स हैं वो आप तक पहले पहुँच जाए ओके okay, आइज तो आप लोग को पता होगा कि अभी फ्री फायर का फोर्थ एनिवर्सरी इवेंट चल रहा है एंड गाइस मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारे आइटम्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें आपको मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ ओके आइज तो पहले आप अपने स्क्रीन पर ये देख लो ये बहुत ही ओपीशा लुटवक्स है ये आपको इंडियन सर में ट्वेंटी अगस्त को देखने को मिल जाएगा एंड गाइस ये आपको कॉल बैक इवेंट में देखने को मिलेगा एंड अगर आपको नहीं पता कि कॉल बैक इवेंट कैसे पूरा करते हैं तो आप लोग कमेंट करें मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ तो आगे हमारा जो नेक्स्ट अपडेट होने वाला है वो होने वाला है सितम्बर का प्री ऑर्डर इलाइट फर्स्ट रिवार्ड तो अपनी स्क्रीन पर देख लो ये हमारा डेंजर इन लुक लग रहा है मतलब लूटबा और डेंजर लग रहा है एंड बहुत मंदे मतलब प्री ऑर्डर निकालने वाला हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें ओके okay ऐश तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ वो हमारा होने वाला है इलाइट मोको पे बेस मतलब इलाइट मोको हमारा बहुत ही जल्द इवेंट आने वाला है इंडियन शवर में एंड इसमें आपको बहुत सारे आइटम्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं सबसे पहले आप ये देख लो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो जो आइटम दिख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाले हैं जिसमें बाइक का स्किन पेन का स्क्रीन और भी बहुत सारे आइटम्स हैं आप पैके करके देख सकते हो ओके ऐस तो अभी गेम में कुछ न्यू बंडल निकल के आ रहे हैं आप देख लो देखने में ठीक ठाक लग रहा है यार एनगाइज मुझे नहीं लगता कि गरीना वाले ये आपको फ्री में देने वाले हैं लेट सी देखते हैं आगे आगे क्या सीन होता है हमारे साथ ओके तो फाइनली अब बात करते हैं आज के सबसे स्पेशल इवेंट के बारे में ये इवेंट कुछ बाई वन गेट वन करके है एंड ये आपको इवेंट इंडियन सर्वर में कब तक देखने को मिलेगा अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है एनगाइज आप सब देख सकते हो बहुत ही कम डिस्काउंट में आपको बहुत अच्छे ऐसे आइटम मिल रहे हैं एंड ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा ओपी से होने वाला है एंड आप लोग देख सकते हैं ये जो न्यू बंडल है ये आपको फोर्थ एनिवर्सरी का मेन फीमेल बंडल बताया जा रहा है ये भी आपको इसी इवेंट में देखने को मिल रहा है एंड इसमें और भी बहुत सारे आइटम हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा है एंड गाइज ये इवेंट बाई वन गेट वन बहुत ही ज़्यादा इंडियन सर्वर में देखने को मिल जाएगा ओके okay, ये जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है उसे देखने के बाद सिर्फ आप एक ही बात बोलोगे मतलब ऐसा हो सकता है क्या ओके okay, आई तो मैं बता दूं पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख लो ये हमारा थ्री वन थ्री इन वन इनकोवेटर होने वाला है फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ इवेंट्स निकल के आ रहा है आपने बिल्कुल सही सुना फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ इवेंट्स निकल के आ रहा है और देखते हैं ये इंडियन शवर में कब तक आएगा एंड गाइज इसकी मतलब इंडियन शवर में आने की बहुत ज़्यादा चांसेज है ये आपको ओल्ड इनकोवेटर है जो आपको मतलब आपके डिमांड पर गहिने वाले रिटर्न दे रहे हैं तो ये बहुत ही ओपी बात है एंड देखते हैं क्या सच में या रिटर्न में देखने को मिल रहा या नहीं अदर सर में तो रिटर्न में देखने को मिल गया है बट इंडियन समय में यार कुछ ना कुछ लोचा जरूर करते हैं बट देखते हैं आगे क्या हो रहा है अभी तो इंडियन समय में मतलब एक से बढ़ के एक इवेंट्स आ ही रहे हैं एंड गाइज अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आपको इंडियन समय में भी देखने को मिलेगा बट लेट्स ही देखते हैं आगे आगे क्या सीन वाला है हमारे साथ क्या होने वाला है तो आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ बाय बाय टेक केयर